आप तो हार जाओगे जय जाओ भाई आपकी गेम प्ले देख के मैं बोल रहा हो आप हार जाओगे क्योंकि किसरा तो बोली लगा जा। के ओ